हाय दोस्तों मोदी जी की सरकार आने के बाद भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है इस बीच सोमवार को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर भारत की ओर ऐसी शक्तिशाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फोर का परीक्षण किया गया है अग्नि फोर मिसाइल का परीक्षण ट्रेनिंग लॉन्च के तहत किया गया है रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है की अग्नि फोर मिसाइल का यह परीक्षण सोमवार शाम साढ़े बजे किया गया था अग्नि फोर मिसाइल का कुल वजन सत्रह किलो तक है इसकी लंबाई बीस मीटर है इसमें विस्फोटक के रूप में परमाणु हथियार भी ले जाने की क्षमता है यह 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है साथ ही इसमें कई आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं इसमें रिंग लेजर गाइडेड इन सीरियल सिस्टम भी लगा है इसकी मारक क्षमता सटीक है भारत की इस शक्तिशाली मिसाइल का डिजाइन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आर ने तैयार किया है वही इसका निर्माण भारत डायनेमिक लिमिटेड की ओर ऐसी किया जा रहा है ऐसे ही फैक्ट के लिए मेरे चैनल कोई कीजिए धन्यवाद